प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता बिग बॉस में आने से पहले से ही बहुत फेमस है दोनों अब बिग बॉस में अपनी केमिस्ट्री से सभी का दिल जीत रहे हैं जहां फैंस उनका स्टेटस जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं वहीं प्रियंका की करीबी दोस्त गरिमा बरेई ने इस बारे में बात की है प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता टेलीविज़न शो उडारिया में दिखाई दिए और बेहद फेमस हो गए उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया जो शो के लीड थे शो के बाद दोनों को सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 फीट की पेशकश की गई जबकि प्रियंका ने शुरुआत में ही शो के लिए हामी भर दी थी अंकित ने शो के प्रीमियर से पहले हाँ किया प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता के रिश्ते को अक्सर घर के अंदर के लोग पूछताछ करते रहे हैं निमृत कौर एहलुवालिया ने भी अंकित से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा था इसके लिए उन्होंने जस्ट फ्रेंड्स कहा था जब सलमान खान डेंगू से पीड़ित थे तो करण जौहर शुक्रवार का एपिसोड के दौरान आए और प्रियंका और अंकित को रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म ए दिल है मुश्किल से एकतरफा प्यार सीन करने के लिए कहा उस सीन के बाद अंकित ने शेयर किया कि जब तक कोई अपने दिल में शांति महसूस नहीं करता तब तक वह प्यार के प्रति जुनूनी महसूस नहीं कर सकता करण जौहर ने कहा कि क्या एक्टर प्यार के पहले फेज का अनुभव कर रहे हैं जिस पर अंकित ने शर्माते हुए कहा मैंने पहला स्टेज पार कर लिया है इससे चर्चा हुई है कि क्या वास्तव में दोनों डेटिंग कर रहे हैं जहां फैंस उनका स्टेटस जानने के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं वहीं प्रियंका की करीबी दोस्त गरिमा बरेई ने पिंकविला से बात की गरिमा ने इसे लेकर हवा साफ की और साफ किया कि यह सिर्फ प्रियंका की तरफ से एक तरफा रिश्ता नहीं है वह और अंकित घर में एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं उनके कई झगड़े हुए हैं लेकिन चीजों को खत्म कर दिया है हाल ही में वे भावुक हो गए और शो में एक दूसरे को गले लगाया जिससे फैंस को आश्चर्य हुआ कि क्या यह दोस्ती से बढ़कर है उसी के बारे में बात करते हुए गरिमा बरेई ने बताया अंकित एक रिजर्व लड़के हैं अगर वह प्रियंका के साथ नहीं रहना चाहते तो वह उन्हें कभी इतना महत्व नहीं देते अगर वह नाराज हो जाती है तो वह उन्हें मनाने भी जाते हैं यहां तक कि जब वे लड़ते हैं तो बुरा लगता है इसलिए यह एक तरफा नहीं है उनके पास अपनी भावनाओं को जाहिर करने के अलग अलग तरीके हैं क्योंकि प्रियंका बहुत क्लियर है और अंकित बहुत शांत है लेकिन यह एक तरफा नहीं है बिग बॉस 16 के घर में आने से पहले जब पिंकविला ने अंकित से पूछा कि क्या वह घर में प्यार पाने के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा यह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है क्योंकि आप किसी के साथ फंस गए हैं और आपका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है इसलिए यहां तक कि अगर आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं तो आप किसी ऐसे के साथ एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर बना लेते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थितियों में बने रिश्ते टिकते नहीं है फिल्मों में ऐसा होता है कि एक मुश्किल घड़ी में औरत का असली रूप बाहर आता है यह ठीक है अगर आपने एक खास तरह की पसंद बनाई